सुप्रभात प्यारे मित्रों आज जनसंचार माध्यम के वीडियो की श्रृंखला में जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम रेडियो इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे रेडियो संचार का एक श्रव्य माध्यम है जिससे एक ध्वनि द्वारा जो है सूचनाएं पहुंचाने का कार्य किया जाता है रेडियो का आविष्कार इटली के इलेक्ट्रिक इंजीनियर जी मार्कोनी उन्होंने किया शुरुआत में रेडियो स्टेशन अमेरिका के पीटर्सबर्ग न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले भारत की बात करें तो 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया और वो रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया गया अर्थात एक औपचारिक रूप से पहला कार्यक्रम अगर रेडियो के माध्यम से कोई किया गया हो भारत में तो टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से 1921 में किया गया और मुंबई में इसकी शुरुआत हुई एक संगीत कार्यक्रम था और उसका प्रसारण रेडियो पर किया गया आगे चलकर उन्नीस में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई जिसे आजकल हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं आज़ादी के समय तक अर्थात 1936 से लेकर उन्नीस तक इस 10-11 साल के इस अवधि में देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन थे जैसे लखनऊ दिल्ली मुंबई अर्थात पहले बम्बई उसको कहा जाता था कोलकाता मद्रास तिरुचिरापल्ली ढाका लाहौर और पेशावर तो स्वाभाविक है कि ढाका लाहौर और पेशावर आज हमारे देश का हिस्सा ज़रूर नहीं है लेकिन आज़ादी से पूर्व वो हमारे देश में थे और इसलिए इन सभी नौ स्टेशन को हम उस आज़ादी के समय तक भारत में थे ऐसा ही कहेंगे आज ये स्थिति पूरी तरह से व्यापक रूप ले चुकी है आज आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो जिसे हम कहते हैं देश के लगभग चौबीस भाषाओं में अपने कार्यक्रम प्रसारित करती है और साथ ही एक जो स्थानीय बोलियां हैं देश भर की उसमें भी क्षेत्रीय जो चैनल है वो अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं अर्थात रेडियो जो एक समाचारों का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है एक समय था कि जब लोगों की शुरुआत दिन की जो है रेडियो समाचारों के साथ होती थी रेडियो सम रेडियो पर समाचारों के साथ साथ जो ट्रेन चलती है तो ट्रेन अगर कोई लेट चल रही है कि कोई समय से चल रही है या कोई ट्रेन कैंसल हो गई है तो रेलवे के टाइम टेबल का भी प्रसारण जो है पहले रेडियो पर किया जाता था क्योंकि पहले इंटरनेट और ये सुविधा हमारे पास इतनी इतनी आसानी से उपलब्ध न होने के कारण घर घर में उपलब्ध न होने के कारण बहुत सी सूचनाएं उस समय तक केवल रेडियो ही एक बहुत बड़ा व्यापक और और आधुनिक से आधुनिक साधन था और उसी से सूचनाएं प्राप्त होती थी फिर आगे चलकर 1993 में एफएम की शुरुआत हुई एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन और अगर मैं कहूँ मेरा कहना अगर गलत नहीं है तो ये एफएम चैनल जब आए तो रेडियो को एक तरह से संजीवनी मिली क्योंकि रेडियो शुरुआती दौर में तो काफ़ी लोकप्रिय था लेकिन बाद में आगे चलकर जब टीवी और सिनेमा ने अपना अपने पैर जमाए या टीवी का आरंभ हुआ तो धीरे धीरे धीरे धीरे रेडियो की लोकप्रियता या रेडियो के कार्यक्रमों को समय देने वाले लोगों की संख्या जो है कम हो गई लेकिन जब एफ चैनल आए तो एफएम चैनल ने फिर एक बार रेडियो को जो है एक तरह से जीवित कर दिया ऐसा कहे तो गलत नहीं है क्योंकि एफएम चैनल यानी व्यावसायिकता उसमें आई निजी कंपनियां उसमें आई और जिसके कारण से एक बहुत बड़ी क्रांति या बदलाव जो है रेडियो के क्षेत्र में आया यहाँ तक कि मोबाइल भी उस समय तक आ गए और मोबाइल में भी जो एफएम चैनल जो है वो आने लगे और जिसके कारण से और भी वो लोकप्रिय हुए एफ के आने से और एक बात ये हुई कि स्थानीय बोलियां स्थानीय लोग स्थानीय समाचार इसको भी स्थान मिलने लगा और मनोरंजन का एक बहुत बड़ा माध्यम और युवा वर्ग में वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ अब रेडियो समाचारों को समझते हुए रेडियो समाचार लिखते हुए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उस भाषा में क्या कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए इसकी चर्चा हम करेंगे सबसे पहली बात कि आसानी से समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए यानी इतनी कठिन शब्दावली ना हो जो आम लोगों को ना समझे भाषा का स्तर व गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं इसका मतलब ये भी नहीं कि अत्यंत निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग हो आपस की बोलचाल की भाषा का प्रयोग हो सहज लगे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और जो भी लिखा गया है जो भी शब्द है वो सीधे और स्पष्ट होने चाहिए उनका कोई दूसरा अर्थ ना निकले एक ही अर्थ उसका होना चाहिए गैर जरूरी विशेषण सामासिक और तत्सम शब्द अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए अर्थात कई बार कार्यक्रम होता है कि उसको सुंदर बनाने के चक्कर में या भाषा को और सजाकर कर प्रस्तुत करने के चक्कर में कई सारी उपमाएं बड़े बड़े विशेषण लगाए जाते हैं तो रेडियो के संदर्भ में इन सब बातों को टालना चाहिए मुहावरों का प्रयोग जहां स्वाभाविक है जहां जरूरी है वहां करें एक छोटे छोटे वाक्य हो और एक वाक्य में एक ही बात रहे वही बताई जाए प्रचलित शब्दों का प्रयोग यानी जो बहुत ज़्यादा हमारी बोलने में जो प्रचलन जिन शब्दों का है उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाए क्योंकि नए शब्दों के उच्चारण में और उसको पढ़ने में कभी कभी दुविधा हो सकती है कठिनाई हो सकती है वाचक को और इसलिए उन सहज सरल प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सहजता के साथ फिर उच्चारित हो जाते हैं और एक महत्वपूर्ण तो बात ध्यान रखना पड़ता है रेडियो समाचार के संदर्भ में कि जो संख्याएँ अगर उनमें आती है जैसे 1942 है 1025 है तो वहाँ संख्या में या नंबर्स में ना लिखकर शब्दों में लिखा जाना ज़रूरी होता है क्योंकि रेडियो पर समाचार पढ़ते हुए किसी भी प्रकार से ये समय नहीं होता है कि अगर किसी संख्या के संदर्भ में कोई भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है पढ़ने में तो एक बहुत बड़ी क्षति उस कार्यक्रम की हो सकती है और इसलिए नंबर में वो लिखा जा लिखने के बजाय अक्षरों में लिखा जाता है ताकि पढ़ने में किसी भी प्रकार की दुविधा या भ्रम की स्थिति ना बनी रहे साथ ही संक्षिप्त अक्षरों के संदर्भ में भी यही बात है अगर कोई संक्षिप्त अक्षर है या ऐसे कोई अक्षर है जो आमतौर पर संक्षिप्त लिखे जाते हैं लेकिन अगर वो रेडियो समाचार के लिए लिखा जा रहा है तो उसमें संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए मतलब उसमें पूरा नाम लिखा जाए मतलब जिस तरह से उसको पढ़ा जाता है होता क्या है कि संक्षिप्त अक्षर लिखते तो है हम लेकिन जब पढ़ते हैं तो उसको पूर्ण रूप में हम पढ़ते हैं जब आम कोई बात है तब लेकिन रेडियो समाचार में इतना मौका नहीं मिलता है कि वो क्या है फिर पूरा उसका क्या मतलब होगा वगैरह ये सब ये सब देखने के लिए समय नहीं है और इसलिए जो कोई संक्षिप्त अक्षर अगर आने की संभावनाएँ हैं भी तो उसको पूरा लिखा जाए ताकि पढ़ने वाले को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए तो रेडियो समाचार के संदर्भ में यही बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं अगले वीडियो में हम दूरदर्शन और सिनेमा की बात करेंगे